हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की रेसिपी है आलू की सब्जी और मटर की पूरिया तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू की सब्जी और मटर की पूरी बना और मटर की पूरी बनाना सबसे पहले हम आलू की सब्जी तैयार करेंगे आलू की सब्जी तैयार करने के लिए ये हमने एक किलो उबले हुए आलू लिए हैं इनको हमने उबालकर और छील लिया है और ये एक कटोरी हमने धनिया लिया है और चार हमने टमाटर लिए हैं इनको हमने मिक्सी के जार में पीस लिया है चुटकी भर ही है आधा चम्मच जीरा और ये कुछ मसाले आधा चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच हमने लाल मिर्ची पाउडर लिया है और नमक स्वाद लिया है तो आइए बनाते हैं हम आलू की सब्जी ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है अब मैं कढ़ाई में ऑयल डालूंगी जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक मैं ये आलू हाथ से मैश कर लेती हूँ ये आलू को हमने मैश कर लिया है हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है सबसे पहले मैं इसमें हींग डाल दूंगी ये चुटकी भर और अब मैं इसमें ये जीरा डाल दूंगी जीरा हमारा चटक चुका है अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी और मसाले को मैं अच्छे से भून लूंगी और ये हमारा मसाला भून तैयार हो चुका है अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी इसे मिक्स कर लूंगी मैं और अब मैं इसमें ये पानी डाल दूंगी मैंने इसमें दो ग्लास के आसपास पानी डाला है आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं जितनी आपको गाड़ी सब्जी रखनी है और और इसे इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं और मैं अब ढक के के 15 मिनट लिए गैस पे पकने दूंगी और जब तक हमारी ये सब्जी तैयारी पकती है तब तक हम अब हम मटर की पूरी बनाने के लिए ये हमने आटा लिया है और ये हमने मटर को मिक्सी के जार में पीस लिया है इसके अंदर हमने चार हरी मिर्च डाली थी उसको भी मिक्सी के जार में पीसकर दरदरा कर लिया है ये हमने थोड़ा सा धनिया लिया है नमक आधा चम्मच और ये अजवैन चौथाई चम्मच और ये हमने चिल्ली फ्लेक्स ली है आधा चम्मच और चौथाई चम्मच हमने हींग ली है और चौथाई चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है तो आइए अब हम आटा गूँध तैयार कर लेते हैं सबसे पहले मैं ये मटर दरदरी दरी पीसी हुई है इसमें ही मैंने हरी मिर्च को ही पीस लिया था मैं ये हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी साथ ही, ही डाल दूंगी इसमें मैं चिल्ली फ्लेक्स डाल दूंगी और अजवाइन को मैं हाथ में क्रश कर लूंगी और नमक आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले सकते हैं और ये मैं धनिया के पत्ते डाल दूंगी इसमें बारीक कट कर रखा है मैंने और अब मैं इसका आटा बनाकर तैयार कर लूंगी और अब मैं ये मैंने एक गिलास पानी लिया है अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी इसमें और आटा बनाकर तैयार कर लूंगी और ये हमारा आटा बुनकर तैयार हो चुका है अब मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी एक चम्मच के आसपास मैंने ऑयल डाला है और इस पे ऑयल लगा लूंगी आटे पे ये हमारा आटा बुनकर तैयार हो चुका है इस आटे को मैं एक बाउल के अंदर निकाल लूंगी तो आइए चेक करते हैं ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है अब मैं इसमें चौथाई चम्मच कस्तूरी मेथी डाल दूंगी और साथ ही ये हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दूंगी और इस सब्जी को मैं एक साइड में रख दूंगी और अब मैं मटर की पूरी बनाकर तैयार कर लूंगी इधर ये हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है ये हमने आटा तैयार हो चुका है अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे तोड़ के तो अब हम पूरी बेलकर तैयार कर लेंगे और इसी प्रकार से मैं पूरी बेल के तैयार कर लूंगी और तेल हमारा गर्म हो चुका है अब हम पूरी को फ्राई कर लेंगे पूरी को हम लाल होने तक फ्राई करेंगे हमारी पूरी फ्राई हो चुकी है इसे मैं प्लेट में निकाल लूंगी ये वाली पूरी भी हमारी फ्राई हो चुकी है इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूंगी ये हमारी मटर की पूरी और आलू की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद